नीलांजन समाभाषम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्त्य सम्भुत कम नमामि शनिश्चरम दर्शकों जय शनिदेव मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ दिनांक तेईस नवंबर दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि न विवाहे सर्व यात्रायाम गृह जन्म राशि प्रधानत्व तो नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए और पंचांग जो आज हम आपको बताएंगे लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ये पंचांग हमारा बनाया गया है तो आइए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं सूर्योदय होगा प्रातः पाँच छः बजकर 32 मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर 14 मिनट पर सख संबत्त 1941 और विक्रम संबत्त 2076 हज़ार नामक संवत्सर चल रहा है चंद्रदेव जो चलायमान है ये कन्या राशि में चलायमान है सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान है सूर्य नक्षत्र जो रहेगा दर्शकों ये अनुराधा नक्षत्र रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों कार्तिक मास और आज जो तिथि रहेगी ये द्वादशी तिथि रहेगी द्वादशी तिथि के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि मसूर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मसूर की दाल तो आज के दिन खाने ही नहीं की बहुत भयंकर दोष पड़ता है नक्षत्र जो चंद्र रहेगा ये हस्त नक्षत्र रहेगा योग रहेगा प्रीति इसके उपरांत आयुष्मान योग रहेगा और करड़ रहेगा कॉलो इसके उपरांत तैतिल करड़ रहेगा राहु काल की बात कर लेते हैं तो शनिवार के दिन का जो राहु काल होता है ये सुबह नौ बजकर चौदह मिनट से लेकर के दस बजकर तैंतीस मिनट तक का रहेगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को मत करिएगा बचिएगा इसको करने से वहीं आपके शुभ समय की बात करें तो आज जो है कोशिश कीजिएगा कि अभिजीत मुहूर्त ग्यारह बजकर इकतीस मिनट से लेकर के बारह के बीच आप लोग जो है शुभ कार्यों को कर सकते हैं या आप लोग जो है साढ़े दस से लेकर के और दस बजकर पैंतालीस मिनट सुबह आप लोग किसी शुभ कार्यों को कर सकते हैं दिशा की बात करें तो शनिवार को देखिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए और राहु काल का जो वास रहेगा ये भी पूर्व दिशा में रहेगा तो भयंकर आज जो है समझ लीजिए कि दिशा है यदि आज आप लोग पूर्व दिशा में गए यात्रा करने तो आपके कोई काम बनेंगे नहीं लेकिन एक उपाय है इसको आप कर सकते हैं बाधाएं हाँ आएंगी लेकिन कम हो जाएंगे उपाय क्या है तो पूर्व दिशा में जाने से पहले सबसे पहले अदरक का सेवन कर लीजिएगा आप लोग चाय पत्ती वाली जो है मतलब चाय पत्ती डाल के एक चाय बनाइए उसमें अदरक डाल करके आप लोग उसका सेवन कर सकते हैं दूसरा दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि निकलने से पूर्व आप लोग जल का सेवन जरूर कीजिएगा और पहले पूर्व दिशा की ओर ना जा करके आप दक्षिण की ओर दो चार जो है दस पग आप चल लीजिएगा फिर आप लोग पूर्व दिशा की ओर आइएगा ये, ये यदि आप लोग करते हैं तो ये जो बाधाएं आएंगी, ये आएंगी तो लेकिन कम आएंगी मतलब हंड्रेड परसेंट कोई जोश से आपका भाग्य नहीं बदल पाएगा कोई मुसीबत नहीं खत्म कर पाएगा लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उसमें कटौती कमी कर सकता है तो यही चीज़ होगी दर्शकों तो तो तो राशिफल पर आगे बढ़ते हैं Uh, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज शनि देव ने क्या कुछ लिख रखा है इस पर चर्चा करते हैं तो राशि चक्र की जो तो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज का दिन अच्छा रहने वाला है कहीं बाहर यात्राओं का योग बन रहा है परिवार के किसी सदस्य के साथ आज आप लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं अगर आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों से आज आप एक बार सलाह जरूर ले लें माता पिता के आशीर्वाद से आज आपको काम में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और दूसरों पर आपके काम और व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ेगा पैसों से जुड़ा कोई पुराना लेनदेन आज फायदेमंद साबित हो सकता है जीवन साथी को लेकर के आपकी ज़िम्मेदारियाँ आज बढ़ सकती हैं कुल मिलाकर के छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और आप लोग तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक वही वृषभ राशि के जात आज का दिन शानदार ज्ञानदार रहने वाला है जो लोग जॉब कर रहे हैं आज उन्हें अपने किसी काम के लिए इंक्रीमेंट मिल सकता वही है वहीं जो लोग जॉब की तलाश में हैं आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है आज आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं आपका उत्साह बना रहेगा मन में कई चीज़ों को जानने के लिए आज आपकी उत्सुकता बनी रहेगी आज आपके भाई बहन आपके कार्य में पूरी पूरी मदद करेंगे जीवन साथी के साथ आज बड़े रोमांटिक आप रहेंगे आज आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या आज अपने पार्टनर को आप गिफ्ट कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि धर्म स्थान पर हरे मुँह का आप लोग दान करिए दूसरा दशरथ के शनि स्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ वही जैमिनी अर्थात मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जात को आज आप बिजनेस में नई चुनौतियों से निपट सकते हैं रुके हुए ज़्यादातर काम आज आपके पूरे होंगे आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आएंगे और उनके द्वारा आज आपके कार्यों में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी ऑफिस में काम कर रहे लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर के असला मसौरा आप लोग कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी समझ से फैसले लेने की यहां पर जरूरत है आज आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए लोग आज आपके साथ जुड़े रहेंगे परिवार से आज, आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है आज आप जिस भी जो है जगह एडमिशन दाखिला लेने की सोच रहे कॉलेज में वहाँ आज आपको दाखिला मिल सकता है किसी जानकार व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए कि की, शनि मंदिर जाइए और शनि देव के वैदिक मंत्र का वहीं पर खड़े होकर के 108 बार उच्चारण करिए अर्थात जाप करिए आपके लिए शुभ रहेगा दूसरा अपंग लोगों को या विकलांग लोगों को पका हुआ भोजन आज, आज आपको जरूर खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि अर्थात कैंसर तो कर्क राशि के जातकों आज आपको हर काम में सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आज आपके काम में जरूरत से ज़्यादा समय लग सकता है आज, आज आपको ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस करने से बचना चाहिए जो कि आपकी एनर्जी लॉस कर रहे हैं कुछ आदतों में सुधार लाने से आज, आज आपका दिन बेहतर हो सकता है जीवन साथी के साथ आज आपको जो है क्या कहते हैं अच्छे से पेश आना होगा अन्यथा जीवन साथी के साथ आपका जो है वाद विवाद बढ़ सकता है बच्चों की शिक्षा आज आपकी अच्छी होगी उनके शिक्षा से आज आप लोग सेटिस्फाइड होंगे आर्थिक स्थिति पर यदि आज हम बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहने वाली है आज कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास ये करिएगा कि सबसे पहले तो दशरथ शनि स्रोत का पाठ करिए दूसरा आज आप लोग जो है हनुमान जी के मंदिर जा के उनके दर्शन करिए और गुलाब के फूल की माला आज आपको हनुमान जी को चढ़ानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच वही सिंह राशि लियो तो सिंह राशि के जातकों यदि आज आप बिजनेसमैन हैं तो काम के सिलसिले में आज कहीं बाहर की यात्रा आप लोग कर सकते हैं सिंह राशि की महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर आज आपको विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आज आपको हो सकती है आज कोई व्यक्ति आपके विचारों को दबाने की कोशिश कर सकता है आपको अपनी बातें दूसरों से शेयर करने से आज बचना होगा आज आपकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद नजर आ रही है मेहनत का फल आज आपको जरूर मिलेगा दांपत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आज आपको गलत फहमी में पढ़ने से बचना होगा किसी छोटी बच्ची के आज कोशिश कीजिएगा पैर छू के आशीर्वाद लीजिए दूसरा आज उसको उस बच्ची को आपको कुछ मीठा भी देना रहेगा सूर्यदेव के आज आपको दर्शन करने रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात वहीं कन्या राशि के जातकों आज आपके सितारे फिलहाल तो बुलंद दिख रहे हैं आपको कहीं से अचानक धनलाभ हो सकता है आज आप सारे काम बखूबी पूरा करेंगे आज आपको अपनी संतान से पूरी पूरी मदद मिलेगी कुछ जरूरी लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है ऑफिस मीटिंग के दौरान आज आप अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे आपको कोई इनाम दे सकते हैं या को कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कोई ज़िम्मेदारी आज आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं किसी पारिवारिक काम के लिए दोस्तों की भी आज, आज, आज, आज आप लोग मदद लेने से पीछे नहीं हटेंगे जो लोग एक्टिंग से रिलेटेड मॉडलिंग से रिलेटेड या क्या कहते हैं जो लोग कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड व्यापार करते हैं उनके लिए आज बहुत ही गोल्डन चांस रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए और जब आप घर से बाहर निकलिएगा तो 11 बार आपको ये रामचरित मानस का जो है दोहा है बोलना है प्रविस नगर की जय सब का जा हृदय राग कौशलपुर राजा ये आपको ग्यारह बार उच्चारण करके तब निकलना और दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ वहीं लिब्रा अर्थात तुला राशि तो तुला राशि के जो है जातको आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होना तय है आज आप घर में किसी प्रकार का जो है अपने कंस्ट्रक्शन का काम या कुछ सुधार करवा सकते हैं घर के लिए कुछ एक्सपेंसिव या जरूरी चीज़ें भी क्रय करने का योग बन रहा है आज अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में ही रखकर पैसे खर्च करिएगा आज कोई दूर का रिश्तेदार आज आपके घर पर आ सकता है घर वाले आज आपके काम की तारीफ भी करेंगे उच्चाधिकारी भी आज, आज आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे कोर्ट कचहरी का, का कोई मामला या कोई फैसला आने वाला है तो ये आपके पक्ष में आएगा आज ऑफिस में सीनियर के साथ आप लोग जो आप लोगों को इधर उधर की बातों को करने से बचना चाहिए फिलहाल आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को रोटी में गोल डाल करके आपको खिलाना रहेगा दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज जो है नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जात को आज आप जीवन में किसी तरीके के बदलाव को लेकर के यदि सोच विचार कर रहे हैं तो इस पर अमल करने का आप समय आ गया है आज सब लोग आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे खाने पीने की चीज़ों के प्रति आज आपकी रुचि अधिक बढ़ेगी अपनी सेहत का आज आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं माता पिता आज आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे संतान पक्ष से आज, आज आपके रिश्ते बेहतर होंगे जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है Uh, आज आप लोगों को फिलहाल सब लोगों का साथ मिलेगा लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए प्रयास ये करिएगा कि जो है धर्म स्थान पर आज आप लोग जो है काली माह की साबुत दाल आपको इसका दान देना रहेगा दूसरा आज आप लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा ये साढ़े साथी जो है आपको तबाह करके रखी है तो सुंदरकांड का पाठ करिए बहुत हद तक की आज आपको राहत भी मिलेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सिल्वर कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ सर्जिटेरियस धनु राशि के जात को आज का दिन आपको फायदा दिलाने वाला रहेगा व्यापारी वर्ग का रुका हुआ काम आज तेजी के साथ आगे बढ़ेगा आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी जो लोग वकील हैं जज हैं या कोई जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं आज उन्हें किसी महत्वपूर्ण जो है चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी वकीलों को उनके केस में जो है सफलता प्राप्त होगी जज लोगों को कोई प्रमोशन इत्यादि या कोई बड़े केस पर फ़ैसला सुना सकते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे पार्टनर के साथ आज आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं जमीन के किसी पुराने लेन देन से आज, आज आपको फ़ायदा मिलेगा जिन छात्रों को करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है उन्हें आज बड़े भाई या बड़ी बहन से मदद मिलेगी पढ़ाई में कुल मिला करके आज आपका मन लगा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान शिव पर आज आपको जल अर्पित करना रहेगा और दृष्टक का पाठ आपको करना रहेगा शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक कैप्रिकॉन यहाँ मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दिन की शुरुआत में थोड़े से आज आप सुस्त रहेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें आप थोड़ा संभल काम लेना चाहिए ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं कुछ लोग आज आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाएंगे आज आपको किसी भी तरीके की जिद करने से बचना चाहिए वरना आज आपको कोई परेशानी हो सकती है सेहत में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आज आपको खान पान पर ध्यान देना होगा पैसों के मामले में आज आपको अपने जीवन साथी की जरूरत पड़ सकती है बेहतर होगा कि किसी बड़े की सलाह लेकर के आज कोई नए काम की शुरुआत करिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गणपतिथर्म शीर्ट्स का पाठ करिए दूसरा आज, आज आपको भी दशरथ में शनिस्त्रोत का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज नौ एक कुंभ राशि कुंभ राशि के जात आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज आपका व्यक्तित्व चारों तरफ महकेगा कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि या उपलब्धि आज कुंभ राशि के जातकों को मिलती हुई दिखाई पड़ रही परिवार में किसी जरूरी काम को पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा लेकिन आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ आज उनके घर पर कोई रिश्ता लेकर के आ सकता है विवाह तय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है छात्र आज किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिता की मदद लेंगे जिनसे जिससे आज उनका काम अच्छे से पूरा होगा बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आज आप लोग प्रातःकाल देव के समक्ष 10 से 15 मिनट जरूर बैठिए सूर्य देव को अर्घ दीजिए आदित्य स्त्रोत का पाठ करिए सब कुछ अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन फटाफट आप लोग दर्शकों उम्मीद करते हैं कि पुराने जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है और आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस और अपना क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िए नेक्स्ट डे के राशिफल में प्रयास यही रहेगा कि हम आपके प्रश्नों को जरूर लें मीन राशि तो आज का दिन जीवन में सुनहरे पल लेकर के आने वाला है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के काम से जुड़े हुए हैं आज उनके काम में कोई बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा आर्थिक रूप से आज, आज आप लोग बहुत मजबूत रहेंगे दाम्पत्य जीवन में आपसे विश्वास के सहारे संबंधों में मजबूती आएगी जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं छात्र इनको आज जो है अच्छी सफलता मिलेगी यदि आज आपका कोई एग्जाम है तो आज आपके जो है मनोनुकूल आपका पेपर होगा उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी आज आप लोग जो है सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज वीकेंड पर जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं कैरियर कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहेगा उच्चाधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा किसी ज़रूरतमंद को कपड़े का दान करें तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय बजरंगली